ब्लेसिंग्स बी हैप्पी कीप हैप्पी खुश रहें, खुश रखें पक्ष का समय चल रहा है हर एक इंसान अपने पितरों की कृतज्ञता में श्राध तर्पण का आयोजन करता जा रहा है या उसका माध्यम बन रहा है साथियों आज मैं आपसे तर्पण विद्या के बारे में बात करने आया हूं सामान्यत जो लोग परिचित नहीं है उन पेपर में पढ़ते हुए आज तर्पण हुआ यहाँ पर तर्पण हुआ वॉट इज द तर्पण ये तर्पण है क्या और इसको हम बगैर पंडित के अपने आप कैसे करें सामान्यत हम अधीन रहते हैं उस ज्ञानवान पंडित के जो आकर हमसे विभिन्न विधि कराता और हम जस्ट लाइक ए रोबोट वी फॉलो इट बट अगर कोई ऐसी तकनीक मिले जो हम स्वयं अपने आप से जुड़ के अपने लिए करें तो वो मेरे, मेरा मानना है फायदेमंद होगी तो आइए आज मैं आपसे बात करता हूं तर्पण मेडिटेशन की तर्पण में सामान्यतः तीनों प्रकार के ऋणों का भुगतान किया जाता है जल समर्पण के द्वारा पहला देव ऋण दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पित्र ऋण देव ऋण हम जो ऑफर करते हैं कृतज्ञता का वो अपने जल को ऐसे हाथ करते हैं उसके बाद दूसरी बार हम ऋषियों के प्रति हम एक पात्र के रूप में लेकर ये पात्र में खाली कर देते हैं नीचे जिस प्रकार ऋषियों का पात्र ऋषि भी रहे ये पात्र को खाली कर देता है सेकंड टाइम देते हैं टू, टू जब हमारे पितरों के के प्रति होते हैं हैं तब हम पानी को पात्र को पात्र अंगूठे राइट तो वह पंडित जो आपके घर के सभी सदस्यों के नाम जो इस धरती पर नहीं है आपके पिता पक्ष के आपके माता पक्ष के समस्त लोगों के नाम लेता है और हम भी प्रयास करते हैं उन नामों को याद करने का नाम यही नाम याद भी नहीं रहता तो गंगा जमुना सरस्वती राम कुछ भी हम याद करके पंडित हमें फॉलो करवाता है साथियों नया दौर है आज के इस दौर में हमें हर चीज नए परिवेश में प्रस्तुत करना जरूरी है तभी हमारे युवा इसको स्वीकार करेंगे तो साथियों एक छोटा सा मैंने एक तर्पण मेडिटेशन इन्वेंट किया है फाइव मिनट्स का इसमें हम सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करके बैठेंगे अभी तो आप आंखें खुली रखें और ये दोनों हाथ यहाँ पर रखकर और एक पास में एक जल का पानी का पात्र जिसमें जल भरा हो वो रखेंगे और उसके बाद आंखें बंद करके हम जिसको भी अपने जीवन में मानते हैं उसका ध्यान करेंगे अपने घर के मंदिर का ध्यान करेंगे उस सूर्य देवता का ध्यान करेंगे जो इस धरती पर हमको जीवन बगैर असंभव है उसके बाद हम ध्यान करने के बाद हम सर्वप्रथम ऋण चुकाने के क्षणी में मतलब तर्पण की श्रृंखला में सर्वप्रथम हम देवों के प्रति कृतज्ञता का जन अर्पित करेंगे कल्पना में तो अपन ऐसे नमस्कार मुद्रा में बैठे और आंखें बंद के जो भी आपका नाम है उसको याद करेंगे इस पांच तत्व के शरीर को फिर अपने नाम को याद कर इस धरती पर जितने भी देवी देवता हैं आपका इष्ट है समस्त लोगों को याद करेंगे फॉर एग्जाम्पल कृष्ण भगवान राम भगवान जितने भी भगवान है इवन मुस्लिम दे कैन थिंक अबाउट देयर ओन रिलीजन देयर गॉड समस्त देवी देवताओं का ध्यान करके पूर्णता जब पूर्णता हो जाए सभी भगवानों को याद करें छोटे बेरू बाबा हो गए हनुमान जी से तो आप मानते हैं जिसको ज्यादा मानते हैं अगर कोई ज्यादा नहीं आने याद करने पर भी नहीं आ रहा उसको छोड़ दें और ये दोनों हाथों को इस तरह करके कृतज्ञता का जल जो भी परेशानी तनाव है वो भी समर्पित करें जल में और पुनः नमस्कार मुद्रा में आकर बने अब हम समस्त ऋषियों का द प्लान द सेवन प्लान बाय द सेवन ऋषि इवन यू प्लान यू कैन प्रे फॉर द प्लान उन ग्रहों का उन ऋषियों का कृतज्ञ करेंगे जिन्होंने सुंदर ज्ञान हमें दिया जिन्होंने औषधि एस्ट्रोलॉजी इन सबसे अवगत हमें कराया उसकी कृतज्ञता वर्त करें क्योंकि वह एक ऋण है हमारे ऊपर वो ऋण कर्तव्यता से इतनी जल्दी उतरता है उतना किसी भी विद्या से नहीं ऋषियों के कर्तव्य उन समस्त ग्रहों के जो समय समय पर आपको अच्छा या बुरा फल देते हैं उसी प्रकार जब पूर्णता का एहसास हो तो अपने हाथ एक पात्र के रूप में रख लें एक कल्पना करें इस हाथ में जल है एंड जस्ट रिलीज द वाटर फ्रॉम डाउन साइड इसको नीचे छोड़ एक बार और याद करें समस्त पूर्णता ना आए तो दूसरी बार फिर समस्त ऋषियों का ज्ञान का इवन ओषधि धनवंत्री जी को याद नहीं कर सकते आप धनवंतरी भगवान को तो औषधि के लिए आप जो भी आपको मेडिकल शॉप हो जो हॉस्पिटल हो जो आपका डॉक्टर हो उसको प्रणाम करें और जल इसे चढ़ तीन बात इस प्रकार पुनः नमस्कार मुद्रा में अपने आप को लेकर आए अब हम अपने पितृ पितृण की कृतज्ञता बरतेंगे पथ सर प्रथम हमारे पिता का परिवार पिता दादा चाचा जो जो हमारे पिता के परिवार में हैं, उन सबको याद करेंगे जो इस धरती पर नहीं है समस्त पितरों, पापा अगर हैं, नहीं है तो चाचा दादा चाचा बाबा जो भी है और उनके साथ बिताए गए पल को याद करेंगे अगर आपसे कोई गलती हो गई हो तो उससे माफी मांगे और दोनों हाथों को ऐसा करके पात्र की मुद्रा में ऐसा जल को थंब के सारे, के ऊपर कल्पना में ही छोड़ेंगे दूसरी बार अपने मातृ पक्ष का ध्यान करेंगे माता नानी नाना दादी सु, सु, नानी नाना मासी मामा समस्त लोगों का ध्यान करेंगे मां पक्ष का ध्यान करने के बाद आप पुनः ऐसे थम्भ के सहारे छोड़ देंगे और कोई भाई बहन कोई भी आपका ऐसा लगता है जो आपसे जुड़ा हो इस धरती पर और अचानक चले गया वो पांच तब का शरीर उस शरीर को प्रणाम करते हुए उसके साथ बिताए गए समय को प्रणाम करते हुए उनको याद करें कोई मित्र दोस्त आपका जो अनायास चले गया हो बीच में उसको भी याद करें और जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं आईर फेम फ्रेंड में फ्रेंड नहीं है धीरे से अपना ध्यान उसी प्रकार करते हुए और जो अज्ञात लोग हैं जिनका आज इस धरती पर कोई नहीं है और मृत आत्माओं के लिए ऊपर है उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे अज्ञात और उसके बाद पुनः इस अंगूठे के सारे जल छोड़ देंगे हाथ बंद करके बैठ जाएंगे अंगूठे पर रख लेंगे पुनः अपने नाम को याद करेंगे जो भी आपका नाम है अपने डेट ऑफ बर्थ को याद करेंगे अपने शरीर को याद कर ठीक थीर धीरे आंखें okay, खोलेंगे और एक पानी का ग्लास भरा हुआ होगा पास में आपके उसके ऊपर एक हाथ इस सेवन करेंगे और अपनी आंखें खोलेंगे साथियों ये मेरा प्रयास है समथिंग इज बेटर देन नथिंग इसके माध्यम से मैंने आपको एक संदेश दिया है कि जिस प्रकार एक मानस पूजा होती है उसी प्रकार एक मानस तर्पण भी होता है हम ये तीनों ऋण की अदायगी एक कृतज्ञता के रूप में इस प्रकार बरत के हम ऋण से मुक्त हो सकते हैं मानो तो सब कुछ नहीं मानो तो कुछ नहीं पर भाव है आंखें बनकर के मेडिटेशन करें आप और ऐसा लगता है कि आपको इसको डीप मेडिटेशन करना है तो यू कैन लॉग ऑन माय साइट डिवाइन कृष्णा गुरु जी डॉट कॉम एट दू कैन व्हाट्सअप मी एंड आई विले थर्टी को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें इसी प्रकार ज्ञान संहिता में जो हमने बताया हमारे आध्यात्मिक आरतियों को पूजाओं पाठ को हम कैसे मानव तत्व मानव सेवा से जुड़े किस प्रकार अपने आप से जुड़े इसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं आप सब लोगों ने मुझे समय दिया आपके समय को प्रणाम करते हुए मैं प्रार्थना करता हूं कि वाकई आप लोग भी इसको करें और अलौकिक परिवर्तन अपने जीवन में महसूस करें खुश हैं खुश हैं